एक रेस्टोरेंट में एक एक महिला महिला बैठी थी थी उस पर पर वो आकर बैठ गया ने को कर शुरू कर दिया वह डर चुकी थी। उसके चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि खौफ है आपते हुए कोठो के साथ साथ दोनों हाथों की सहायता से कॉकरोच से इच्छा छुड़ाने का प्रयत्न कर रही थी उसकी प्रतिक्रिया ऐसी थी कि ग्रुप के बाकी लोग भी भयभीत हो गए उस महिला ने किसी तरह उस कॉकरोच को खुद से दूर कर दिया लेकिन ये क्या? उड़कर दूसरी महिला पर बैठ गया अब यह ड्रामा जारी रखने की बारी दूसरी महिला की थी। उसे बचाने के लिए आज खड़ा वेटर आगे बढ़ा भी महिला ने कोशिश करते हुए कॉकरोच को भगाने की कोशिश की और वह भी सफल हुई कॉकरोच जाकर वेटर की शर्ट के ऊपर बैठ गया लेकिन वेटर घबराने की बजाय शांत खड़ा रहा और कॉकरोच को अपनी शर्ट पर हरकत करता हुआ देख रहा था जब कॉकरोच पूरी तरह शांत हो गया तो वेटर ने उसे अपनी उंगलियों से पकड़ा और रेस्टोरेंट में बाहर घेर दिया मैं काफी हुए मनोरंजक दृश्य को ये देख रहा था मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए क्या यह कॉकरोच इस घटना के लिए जिम्मेदार था अगर हाँ नहीं परेशान हुआ उसने बिना कोई शोर शराबा किए उस स्थिति को संभाल लिया ये वो कॉकरोच नहीं था बल्कि उन लोगों की परिस्थिति को संभालने की अक्षमता थी जिसने उन महिलाओं को परेशान किया मैंने महसूस किया यह मेरे पिता या बॉस का या वाइफ का चिलाना नहीं है तो मुझे परेशान करता है बल्कि यह है मेरी अक्षमता है जो मैं लोगों द्वारा बनाई गई परिस्थितियों को संभाल नहीं सकता यह ट्रैफिक जाम नहीं है तो मुझे परेशान करता है बल्कि मेरी उस परेशानी भरी स्थिति को हैंडल ना कर पाने की अक्षमता है जिससे मैं ट्रैफिक जाम में स्वयं परेशान हो जाता हूँ प्रॉब्लम से ज़्यादा मेरी उस प्रॉब्लम के प्रति प्रतिक्रिया है जो मेरे जीवन में परेशानी पैदा करती है इस घटना ने मेरे सोचने का अंदाज तरीका बदल दिया हमें अपने जीवन में कठिन समय में प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे समझकर उसका जवाब देना चाहिए उस महिला ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि बल्कि वेटर ने उस परिस्थिति को समझा तो उसका समाधान निकाला प्रतिक्रिया हम बिना सोचे समझे दे देते हैं बल्कि जवाब हम सहज तरीके से सोच समझ कर देते हैं जिंदगी को समझने का बहुत ही सुंदर तरीका है जो लोग खुश है वो तो इसलिए खुश नहीं है उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है बल्कि इसलिए खुश हैं उनका जीवन में सारी चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण ठीक है इसलिए जिंदगी में गुस्सा जलन जल्दबाजी चिंता करने की बजाय प्यार करें और रखें क्योंकि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा इसी संदेश के साथ सुबह की मॉर्निंग